मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने भोपाल में आयुर्वेद की उपयोगिता को लेकर दो दिवसीय राष्ट्र संगोष्ठी का आयोजन किया आयोजन में पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण शामिल हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के बावजूद आयुर्वेद के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है पूरी दुनिया ने आयुर्वेद की ताकत को जाना है आयोजन का उद्देश्य औषधीय पौधों के उपयोग के माध्यम से मानव स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर था मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने प्रशासनिक भवन में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया आयोजन में आयुर्वेद से जुड़ी दवाओं और जड़ी बूटियों को प्रदर्शित किया गया आयोजन में पातंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण वन मंत्री कुंवर विजय शाह के साथ विभाग के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे इस दौरान आचार्य बाल ने आयुर्वेद की खूबियों को गिनाया उन्होंने कहा आयुर्वेद इलाज की कारगर पद्धति है कोरोना के समय दुनिया ने आयुर्वेद की ताकत को जाना है उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग आयुर्वेद को षडयंत्र कर बदनाम करते हैं आयुर्वेद के रिसर्च पर भी कई बार सवाल खड़े किए गए लेकिन आयुर्वेद के प्रभाव को दुनिया ने माना और आज विश्व के कई देशों ने आयुर्वेद पर किताब लिख दी है वहीं उन्होंने योग से व्यापार के सवाल पर कहा कि योग सबके लिए फायदेमंद है लेकिन अगर आयुर्वेद से दवाइयाँ बनती हैं और मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है वहीं वन मंत्री कुमार विजय शाह ने कहा कि जल्द ही आचार्य बाल कृष्ण के साथ एम करेंगे और प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा विन्द हरवल के सीईओ दिलीप कुमार ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी और आचार्य बाल कृष्ण मंत्री विजय शाह के साथ सभी का अभिवादन किया हमने जब योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में सेवा करने का संकल्प लिया उस समय आरोप हमने यह नहीं सोचा था की हम कहाँ पहुँच पाएंगे हमारा एक ही संकल्प था कि हमें काम करना है तो देशवासियों का प्रेम और निरंतर अनवरत गतिशीलता और आज भी सदेश स्वामी जी रात दिन करके उस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं उसका परिणाम है कि आज पतंजलि के माध्यम से योग आयुर्वेद के माध्यम से एक बड़ा सेवा का कार्य हम लोग कर पाए कि तो कई बार यह सोचिए कई बार नॉर्मली समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी मैंने उसे समय मांगा जब भी मिलना है आ सर आज सुनना बताना आज तो वो भी इतने सहज हैं और धीरे धीरे मुस्कुराते रहते हैं और तो बात सारी सुनते हैं आयोजन में आयुर्वेद से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया कार्यक्रम को लेकर पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद के प्रचार उमेश शुक्ला ने बताया कि आयुर्वेद में लोगों का विश्वास पहले भी था आयुर्वेद में कठिन रोगों का इलाज किया जाता है वहीं आर स्कूल ऑफ फार्मेसी की डीन डॉक्टर दीप्ति जैन ने आयुर्वेद की उपयोगिता और कार्यक्रम की जानकारी दी ट्रिबो कॉलेज के डायरेक्टर सुरेन्द्र जैन ने भी कार्यक्रम की तारीफ की और आयोजन को महत्वपूर्ण बताया दो दिनों में कई सेशन हुए और हर सेशन की अलग अलग थीम थी तो उसमें कई स्टेट्स से लोग आए हुए थे और बहुत सारे साइंटिफिक पेपर पढ़े गए और काफ़ी अच्छा था इस देश में आयुर्वेद हमेशा पॉपुलर रहा है हमेशा अगर पॉपुलर ना होता तो इतने सालों की जो एक प्रतंत्रता थी मतलब हजारों साल की तो वो ये ज़िंदा नहीं रह पाता कोई भी साइंस जिंदा नहीं रह पाया केवल आयुर्वेद है जो जिंदा रह पाया है इस देश में न केवल इस देश में पूरे साउथ एशियन कंट्रीज में औषधी पौधों के उपयोग के ऊपर एक दो से कार्यशाला रखी गई थी जिसमें आर जी टेक्निकल पार्टनर था और कार्यशाला विन्द हर्बल द्वारा आयोजित की गई थी इस कार्यशाला में समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री बालाचार्य जी आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और इसमें जितना भी रिसर्च वर्क आया उससे ये निष्कर्ष निकला कि हमको डॉक्यूमेंटेड वैलिडेशन के ऊपर कार्य करना पड़ेगा जिससे हम आयुर्वेद को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकेंगे और उसको विश्व स्तरीय सम्मान दिलवा सकेंगे ये दो दिन दो दिवसीय जो सेमिनार हुआ है मेडिसिन प्लांट्स के ऊपर ये बहुत ही उपयोगी रहा है और देश विदेश से काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योग से आज मुख्य अतिथि थे वो मुख्य अतिथि जो वन मंत्री हैं मध्यप्रदेश शासन के वो रहे हैं इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो विंध्य हर्बल्स को और मध्य प्रदेश वनोपज संघ को जाता है जिन्होंने ये कार्यशाला आयोजित की